यह मंदिर आठवीं सदी का है यानी 1200 साल पुराना बहुत विशाल काय और बहुत से देवी देवताओं की पूजा के लिए बनाया गया और ये भी कि आठवीं सदी में यह बहुत प्रसिद्ध था ये प्रथा चलती आ रही थी लेकिन पंद्रहवीं सदी में मंदिर शासनों के दौरान इसे ध्वस्त कर दिया गया हम बात कर रहे हैं मार्च सूर्य मंदिर मार्टन सूर्य मंदिर के बाद के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की कश्मीर घाटी में अंतनाग शहर के पास स्थित एक हिंदू मंदिर है और ये सूर्य देवता को समर्पित था और सूर्य को संस्कृत भाषा में प्रयावाची मार्टन और मार्टन मार्टंडा से भी जाना जाता है और मंदिर को सिकंदर शाहिरी ने नष्ट कर दिया था इनका संबंध हिंदू धर्म से और अनंतनाग जिला देव सूर्य देव माटं जगह कश्मीर संभाग राज्य जम्मू कश्मीर देश भारत का है मैप की लोकेशन नीचे भर दी गई है आप जाकर वहाँ पे भी खोज सकते हैं ये कहाँ पे जूना राजा ने साथ साथ हसन अली के अनुसार मंदिर के सिकंदर शाह में तेरह या चौदाहरा में सूफी में मीर मोहम्मद अमदानी की सलाह में तहत समाज में करने के लिए नष्ट कर दिया गया था मार्टन मंदिर एक पठार के ऊपर बनाया गया था जहां से कोई भी पूरी कश्मीर घाटी को देख सकता है मंदिर का एक स्तंभों वाला प्रणय है और जिसके केंद्र में इसका प्रमाथिक मंदिर है जो चौरासी छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है जो कुल मिलाकर 220 फीट लंबा है और एक फीट चौड़ा है और इसके साथ एक छोटा मंदिर शामिल है जो सबसे पहले बनाया गया था मंदिर में एक ब्रेस टाइल का सबसे बड़ा उदाहरण निकला और इसका आकार ही अनुपति में बहुत बड़ा है ये उस समय का बहुत प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है 1970 में आई एक गाना लता गीत रसिया यहीं पर गाया गया था। 1975 में लता का एक और गीत था तेरे बिना जिंदगी में कोई नहीं और 2014 में हैदर फिल्म की गीत की शूटिंग यहीं पर की गई थी लेकिन हमारे जो इतिहास में मंदिर में धरोहर को नष्ट किया है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है